अगले हफ्ते होंगी अत्याचार की सभी हदें पार। हदे आरोप क्यों उठाया मुझे किसी पे होगा फिजिकल अत्याचार तो किसी पे होगा मेंटल अत्याचार तुम कभी ने देखा होगा ऐसा अत्याचार कबाच क्या चल रहा है भाई? क्या किस करने वाले हैं जो है छिट्टी का अत्याचार लाया राहुल और अभिनव को पास बहुत गंदा टेस्ट कर तो अगले हफ्ते होगी अत्याचार की सभी हदे पर चार बजे क्यों उठाया मुझे किसी पे होगा फिजिकल अत्याचार तो, तो किसी पे होगा मेंटल अत्याचार तुम तो कभी ने देखा होगा ऐसा अत्याचार चल रहा है